फैक्ट नंबर वन रोते वक्त हमें पुरानी बातें याद आती हैं जिसकी वजह से और ज्यादा रोना आता है फैक्ट नंबर टू यदि किसी काम को करने में घबराहट हो तो चुनम चबाए घबराहट दूर हो जाएगी फैक्ट नंबर थ्री व्यक्ति जितना बूढ़ा होता है लोगों पर उसका विश्वास कम होता जाता है फैक्ट नंबर फोर आने वाले समय में बीमारियों ऐसी होने वाली मौतों में डिप्रेशन दूसरा सबसे बड़ा कारण होगा फैक्ट नंबर फाइव औसतन बच्चे सात साल की उम्र ऐसी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं फैक्ट नंबर सिक्स सेटरडे की रात लोग सबसे ज्यादा खुश होते है फैक्ट नंबर सेवन एक सामान्य पुरुष के दिमाग इतनी ऊर्जा होती है कि एक 40 वॉट के बल्ब 24 घंटे तक जलाया जा सकता है फैक्ट नंबर एट ब्रेकअप हो जाने पर सबसे ज्यादा दुख 18 से 20 साल के लोगों में होता है फैक्ट नंबर नाइन नरम दिल के लोग छोटी छोटी बातों पर भी रो देते हैं फैक्ट नंबर टेन जो लोग भीड़ को देखकर अपना हाथ जेब में डाल देते हैं वे अधिक शर्मीले होते हैं